हेलो फ्रेंड मेरा नाम हुआ सागर कुमार और मैं गिरिडीह जिला और गांव ब्लॉक से बिलोंग करता हूं एयरटेल पेमेंट बैंक का हम एक प्रमोटर हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं और गांव ब्लॉक को हम करते हैं तो इसमें हुआ है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड आने वाला था बट मास्टर डेबिट कार्ड होने के कारण सरकार ने इसमें बैंड लगा दिया था जिसके कारण इसे कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था अब ये इशू हो गया है ठीक है और दो से तीन दिन या तो चार दिन में सारे रिटेलर के पास ये अवेलेबल हो जाएंगे अब एटीएम कार्ड आ गया है तो इसका क्या चार्जेस हैं ये सारे हम अपने हेड से बात किए थे जो कि हम आपको रिकॉर्डिंग ही सुना देंगे उससे होगा कि आप सभी जान सकते हैं कि क्या प्राइजेस है क्या सिस्टम है तो प्राइजेस जो है वो न्यू है यूनिक है क्योंकि ये पहला पहली बार आया है अब इसका क्या चार्जेबल है क्या चार्जेस है इसका कोई मायने अभी नहीं बता सकते हैं फिक्स ने रेट हम नहीं रख सकते क्यूँकी इसको कंपनी की तरफ से ही लॉन्च किया जाए तो हेलो फ्रेंड एटीएम कार्ड के क्या चार्जेबल रहेंगे और क्या चार्जेस रहेंगे ये हम आपको जब एटीएम कार्ड आएगा उस समय आपको बता दिया जाएगा बट अभी फिलहाल 400 का रेट लमसम समझ में आ रहा है बट फिक्स नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं बट ये भी हम पूरा राइट नहीं ले सकते कि हाँ कन्फर्म है कि आ जाएगा सो तो इसी के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं देखिए हमने जो बात की अपने हेड से उसकी भी हम आपको अभी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे हमारे पास जो मैसेज आया है अति टेलीग्राम के द्वारा हम उस मैसेज को भी आपको दिखाएंगे प्लस है कि जब एटीएम कार्ड आ जाएंगे जब हम उसको ओपन कर लें किस तरह से ओपन किया जाता है किस तरह से ओपन नहीं किया जाता है ये सारी जानकारी यदि आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर नया आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको जान करके सभी को बताए ऐसे ऑनलाइन तो से जो है कि बहुत ज्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं जिसके कारण ऑनलाइन में थोड़ा सर्वर इशू चल रहा है तो इस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि जिस समय समय अपडेट आएगा उस समय हम आपको बता देंगे जब सर्वर थोड़ा स्लो होगा जब यूज थोड़ा कम किया जाएगा इंसान के द्वारा तब हम आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा बता देंगे एक और न्यू वीडियो डाल करके की कि किस तरह से अप्लाई करना है फिलहाल अभी हम ये कर सकते हैं की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे सकते हैं कि कहां से हमको अप्लाई करना पड़ता है और एंड्रॉयड फोन के लिए अलग है और एपल फोन के लिए अलग है दो तरह का लिंक आया हुआ है दोनों अलग अलग सिचुएशन का है दोनों अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं बट एप जो है सो प्ले स्टोर में भी अपलोड नहीं हुआ है जिसके कारण है कि थोड़ा सा हमको रुकना पड़ रहा है ठीक है और जैसे इसका अपडेट आता है हम आप सभी को जरूर बताएंगे और कितना चार्जेबल कटता है इसमें आई लेने के एटीएम कार्ड लेने के लिए तो एटीएम कार्ड लेने के लिए क्या चार्जेबल कटते हैं इसका हमने अति वीडियो में ही डाल दिया है एक्सप्रीन शॉट वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या चार्ज हमारा कट रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड मंगाने के लिए और हो सकता है कि कुछ दिन बाद रेट कम है क्योंकि देखिए मेन बात ये होता है कि अगर सारे रिटेलर के पास उपलब्ध हो जाएगा उस समय हो सकता है कि रेट कम जाए तो ऑनलाइन किस तरह से अपडेट करना है और ऑनलाइन कैसे मंगाना है इसकी हम जानकारी वीडियो में ही देंगे बट यही है कि कि आप थोड़ा देर के बाद हम दे पाएंगे क्योंकि देखिए बात ये है कि भी तरह से सर्वर अभी चल रहे है जिसके आपको सबसे पहले पता चलेगी और आप तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते तो अच्छा लगाओगे आगे आपको बताया जाएगा की कि कितना चार्ज कटता है तो हेलो फ्रेंड ए कार्ड किस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर करना है इसकी जानकारी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे तो नेक्स्ट वीडियो यहीं बगल में मिलेगा आपको वहाँ पे आपको जाना है और ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है ये सारे डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे और फिर इसमें क्या चार्जेबल करता है क्या नहीं करता है ये हम ऑनलाइन दिखाएंगे और वीडियो में ही दिखवाएंगे और ज़्यादातर से ज़्यादा आप लोग यही सोचिए कि इसको शेयर कहाँ करें और शेयर किधर करें क्योंकि फ्रेंड यदि आप लोग इसको शेयर कीजिएगा तो हमारा भी मोटिवेट होगा और आपका भी मोटिवेट होगा एयरटेल पेमेंट बैंक सबके लिए है ओनली फॉर आपके लिए नहीं और ओनली फॉर हमारे के लिए नहीं है सो हेलो एयरटेल फैमिली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको भी मोटिवेट हम कर पाएं और आप हमें भी सो हेलो फ्रेंड थैंक यू